जय हिंद तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ह्यूमन स्केल्टन से छूटा हुआ पार्ट था ह्यूमन स्किल दो पार्ट में विभाजित था एक था, एक जो system, एक था इंडो स्केस्टम में किसी जैसे गाय भैंस का खोर सिंग नाखून ये सब आते हैं और जो इंडो सिस्टम था यह दो पार्ट में विभाजित था एक था कार्टिलेज एक था दो सौ छ बोन जो दो सौ छ बोन थे वह दो पार्ट में विभाजित थे एक का नाम था अपलेंडिकुलर बोन एक का नाम था बोन। तो अपलेंडिकुलर बोन में चार प्रकार के बोन पाए जाते हैं एक था अपर लिम्ब एक था लोअर लिम्ब एक था एक था अपर लिंब एक था लोअर लिम्ब और एक था पेक्ट्रोल की और एक था पेलवे की जो अपलेंडिकुलर बोन था इसमें टोटली बोन की संख्या एक थे तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो उसमें जो उसमें दूसरा पार्ट है एक्सीएल बोन जिसकी संख्या 80 है तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने जो अभी अभी तक जितना बताया वह सब उसमें पढ़ा दिया हूं तो आइए स्टार्ट करते हैं तो जो इंडो स्केल्टन सिस्टम था इंडो सिस्टम यह दो पार्ट में था एक था सम कार्टिलेज और एक था दो बोन और जो 206 बोन थे यह दो प्रकार में थे एक था अपलेंडिकुलर और एक था एक्सीय बोन जो अपने बोन था इसकी संख्या 126 एक जो एक्सीएल बोन था इसकी संख्या 180 और इसमें चार प्रकार के हड्डिया पाई जाती थी एक था पाला वाला क्या था पहला वाला था अपर लिंब अपर लिंब दूसरा वाला लोअर लिंब तीसरा वाला पेक्ट्रोल ग्रिडल चौथा वाला ग्रिडल तो इन सब के बारे में हमने जाना था जो अपर लिंब थे उसमें हड्डियों की संख्या 60, लोअर लिंब में 60, इसमें चार इसमें हड्डियों की संख्या दो तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 126 सौ तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे अगर आप लोग ये वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा क्योंकि इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वह केवल चलेगा एक्सीएल बोन में जिसमें हड्डियों की संख्या 80 होती है तो आइए हम लोग एक्सीएल बोन के बारे में पढ़ते हैं तो जो एक्सीएल बोन है इसका टोटली संख्या कितना होता है अस्सी या दूसरा वाला था एक्सियोन अस्सी इसमें चार प्रकार के हड्डियां पाई जाती हैं एक का नाम है स्कल दूसरे का नाम वर्टिप ड्रल कॉलम तीसरे का नाम है स्ट्रम चौथे का नाम है रिप्स तो इसमें टोटली हड्डियों के संख्या कितना होता है 80 तो जो इसका पहला पार्ट है स्कल दूसरा है वर्टीब्रल कालम तीसरा स्ट्रम चौथा है रिप्स तो अब आइए हम लोग सर्वप्रथम पहले वर्टीब्रल कालम के बारे में पढ़ेंगे फिर स्ट्रम के फिर रिप्स के फिर सबसे अंतिम में स्कल के बारे में जानेंगे तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्टिब्रल कालम के बारे में तो इसमें हम लोगों का दूसरा दूसरे से स्टार्ट करेंगे दूसरा जो है वह क्या है वर्टिब्रल कालम कालम होता है इसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी मतलब यहाँ हमारे गर्दन के नीचे से लेकर यहां तक की जो हड्डी पाई जाती है गर्दन के नीचे से उसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी तो जो रीढ़ की हड्डी होती है वह पांच भागों में विभाजित होती है आइए उसका नाम लिखते हैं यह जो होता है पांच भागों में विभाजित होता है पहला क्या होता है सर्वाइकल सर्वाइकल दूसरा क्या होता है थोरैक्सिस तीसरा क्या होता है लंबर चौथा क्या होता है सेक्यूलर पांचवा क्या होता है कागजियल कागजियल बोन तो जो होता है वर्टिब्रल कॉलम रेड़ की हड्डी वह पांच भागों में विभाजित होती है पाला होता है सर्वाइकल दूसरा होता है थोरैक्सिस तीसरा होता है लम्बर, चौथा होता है सेक्यूलर पांचवागजियल बोन जो से संख्या कितनी होती है सात होती है जो थोरा बोन होता है इसकी संख्या कितना होता है बारह होता है और जो लंबर होता है इसका संख्या पाँच होता है और जो सेक्यूलर होता है इसका संख्या पाँच होता है एक होता है और जो कागजियल बोन होता है इसका संख्या एक होता है तो सेक्यूलर बोन में हड्डियों की संख्या सात तो टोटली वर्टीप्रल कालम में कितना हो जाएगा सात पांच बारह बारह बारह चौबीस एक पच्चीस एक छब्बीस तो इसमें जो है टोटली हड्डियों की संख्या टोटल बोन टोटल बोन कितने हो जाएंगे छब्बीस तो अब सबसे पहले आइए हम लोग सर्वाइकल बोल के बारे में जानते हैं इसके ज्यादा कुछ खास नहीं सिर्फ इसका नाम याद रखना है तो इसका नाम सर्वाइकल थोरैक्सिस लंबर सेक्यूलर कागजियल ये सब जो होते हैं वर्टिब्रल कालम में आते हैं आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं इसकी संख्या कुछ इस प्रकार से बनी हुई है जो इसमें आइये बनाते हैं जैसे मान लीजिए ऐसे यह रीढ़ की हड्डी है ऐसे रीढ़ की हड्डी है ऐसे मान लीजिए रेढ़ की हड्डी है तो एक से लेकर सात तक एक दो तीन चार पाँच छः सात इस हड्डी का क्या नाम है इस हड्डी का क्या नाम है इसका नाम है सर्वाइकल इसका नाम है सर्वाइकल फिर इसके बाद इसी प्रकार से सात से लेकर बारह तक मतलब जो सात से लेकर बारह तक गया हुआ सात मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात फिर आइए ऐसे हड्डी को बनाते हैं आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो सात से लेकर बारह तक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हड्डी है इसका क्या नाम है इसका नाम है थोरेक्सिस इसका नाम है थोरेक्सिस फिर इसके बाद बारह से लेकर के एक दो तीन सोलह सत्रह एक दो तीन चार पाँच तो बारह से लेकर के बारह तक जो होता है इसका एक से लेकर सात तक सर्वाइकल बोन, बोन फिर सात से लेकर बारह तक थोरैक्सिस बोन फिर तेरह से लेकर के सत्रह तक तेरह से लेकर के सत्रह तक मतलब एक दो तीन चार पाँच जो पांच हड्डी होती है इसका संख्या कितना हो गया सात इसका संख्या हो जाएगा बारह तो एक, एक दो तीन चार पाँच छः अभी ज और बड़ा होगा एक यहाँ से नहीं यहाँ से लिया जाएगा आठ से तो आठ मतलब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ तक की जो हड्डी यहाँ तक इसमें टोटल हड्डियों की संख्या बारह होता है तो यह टोटली हड्डी कितना होगा तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस है तो आठ से लेकर उन्नीस तक की जो हड्डी की संख्या होती है उसे बोलते हैं थोरैक्सिस। फिर इसके बाद उन्नीस से लेकर यहां तक जो पांच होगा पांच हड्डी बीस से लेकर के पच्चीस तक बीस 21, 22, तेईस 24 तक तो जो हड्डी बोलते हैं इसे बोलते हैं सर्वाइकल, थोर फिर इसके बाद लंबर लंबर फिर यहाँ पर एक हड्डी ऐसे पाई जाती है जिसका नाम है 25. और यहाँ पर एक हड्डी लंबी सी होती है जो छब्बीसावी हड्डी है तो जो पच्चीसवीं हड्डी है इसका नाम हो जाएगा सेक्यूलर और जो 26वीं लंबी हड्डी है इसका नाम हो जाएगा कागजियल कागजियल बोन तो गाय इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी इतने संख्या होती है 26 होती है एक से लेकर सात तक की संख्या को सर्वाइकल बोलते हैं मतलब यहां से लेकर यहां तक इतने में सात हड्डियाँ होती हैं। यहां से लेकर यहाँ तक की हड्डी को सर्वाइकल बोलते हैं फिर यहां से लेकर यहां तक की हड्डी मतलब बारह हड्डी जहां तक आ जाए बारह हड्डी मतलब यहां से लेकर यहां तक के हड्डी को थोर बोलते हैं फिर यहां से लेकर यहाँ तक के हड्डी को लंबर बोलते हैं फिर इसके नीचे एक हड्डी पाए जाते हैं एक हड्डी पाया जाती जिसका नाम है कागजियल आप इसका वास्तविक चित्र यहाँ पर देख सकते हैं एक से लेकर सात तक के इसकी संख्या हो जाएगा क्या एक से लेकर सात तक सर्वाइकल फिर इसके बाद आठ से लेकर के उन्नीस तक 8 से लेकर तक तक इसमें फिर इसके बाद और उसके पांच संख्या नीचे आएंगे तो लंबर हो जाएगा फिर फिर एक बार आप इसका चित्र पर हमने वर्टिब्रल कालम के बारे में जान लिया इसके हड्डियों में चार पांच प्रकार की हड्डियां पाई जाती है सेक्युलर थोरेक्सिस सेक्यूलर थोरेक्सिसक्यूलर कौ, का सर्वाइकल होगा सर्वाइकल थोरैक्सिस, थोर सेक्यूलर कॉगजियल सर्वाइकल थोरैक्सिस, थोर सेक्युलर कॉगजियल इसके हड्डियों की संख्या है तथा इसमें टोटली हड्डियों के संख्या कितनी होती है टोटली हड्डियों की संख्या छब्बीस होती है छब्बीस होती है अब आइए हम लोग इसके आगे की तरफ जो स्ट्रम है स्ट्रम के बारे में जानते हैं तो गाय जो एक्सीएल बोन होता है एक्सीएल बोन में जो तीसरा बोन होता है एक्सीएल बोन में जो तीसरा बोन होता है इसका नाम क्या है स्ट्रम इसका क्या नाम है स्ट्रम तो आइए स्टम के बारे में जानते हैं गाय जो स्ट्रम होता है ना यहाँ हमारे चेस्ट से होते हो यहाँ तक की जो हड्डी होती है इसे ही स्ट्रम बोलते हैं इसका सरजना कुछ इस प्रकार से होता है इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है जो इस्ट्रम होता है इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है और इसमें केवल हड्डियों की के संख्या एक होता है और इसका नाम क्या है इस्ट्रम भले गए इसकी संख्या एक है लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि पहला इसी में अस्थिमज्जा का निर्माण होता है अस्थि मज्जा पाया जाता है अस्थि मज्जा दूसरा अस्थिमज्जा से ही खून का निर्माण होता है तीसरा अगर कभी व्यक्ति को खून का यहां पर निर्माण होगा यहां पर अस्थि मज्जा पाया जाता है अस्थि में खून का निर्माण होगा अगर कभी भी ब्लड कैंसर किसी व्यक्ति को होता है तो सर्वप्रथम यहीं का ब्लड निकालकर उसका जांच करते हैं तो ब्लड कैंसर के लिए यहीं से सर्वप्रथम खून निकालते हैं ब्लड कैंसर की जांच के लिए जांच के लिए खून यहीं से निकालते हैं खून यहीं से निकालते हैं चौथा इसे टाइबोन भी बोलते हैं इसे टाइबोन के भी नाम से जाना जाता है तो गायज यह है स्ट्रम स्ट्रम यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल एक हड्डी होती है इसका नाम है स्ट्रम इसी में अस्थि मज्जा बनता है अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है अब ब्लड का मेन जो मेन मतलब मान लीजिए मेन फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर है अब मेन फैक्ट्री में अगर किसी भी प्रकार का कोई डिजीज होता है तो उसके निवारण के लिए सर्वप्रथम यहीं से ही अगर ब्लड कैंसर हुआ तो यहीं से ऐसे सुई को यहाँ पर डालेंगे फिर इसका ब्लड को निकालेंगे और उसका जांच करेंगे तो सर्वप्रथम अगर ब्लड कैंसर हुआ है तो ब्लड को यहीं से लेंगे तो यह हो गया स्ट्रम स्ट्रम की संख्या कितना होता है केवल एक होता है स्ट्रम की संख्या कितना होता है केवल एक होता है फिर इसके बाद इसमें चौथा था चौथा क्या था रिप्स जैसे हम लोग बोलते हैं पसलिया रिप्स जिसे बोलते हैं पसलियां तो गाय जो रिब्स होता है वह तीन प्रकार का होता है पहला होता है ट्रू रिप्स ट्रू रिप्स इनका संख्या कितना होता है तो वन से सात पेयर फिर इसके बाद दूसरा होता है फॉल्स रिप्स इसका कितना होता है आठ से दस पेयर फिर तीसरा होता है फ्लाइटेड रिप्स इसका संख्या होता है 11 से 12 पेयर 11 से 12 पेयर तो गाय जो रिप्स होता है जो रिप्स होता है वह तीन प्रकार का होता है एक होता है ट्रू रिप्स जिसकी संख्या एक से सात पेयर दूसरा होता है फॉल्स रिप्स जिसकी संख्या आठ से दस पेयर और जो तीसरा होता है फ्लैटेड रिप्स जिसकी संख्या ग्यारह से बारह पेयर होती है यह रिप्स कैसे होती है आइए यहाँ पर चित्र आपको बना है देख लीजिए जो एक से लेकर के सात तक यहाँ पीछे से और आगे से मतलब जैसे मान लीजिए यह स्ट्रम आइए बनाते हैं सर्वप्रथम पहले स्ट्रम बना लें मान लीजिए स्ट्रम है और ठीक इसी के पीछे ऐसे यह रीढ़ की हड्डी है ऐसे या या है रीढ़ की हड्डी गाइस यह है रीढ़ की हड्डी यह है रीढ़ की हड्डी और यह है स्ट्रम आइए स्ट्रम को थोड़ा सा पेंट कर देते हैं तो यह है स्ट्रम और जो यह सामने वाला क्या है स्ट्रम और यह क्या है वर्टी ब्री कॉलम तो गाय जो ट्रू रिप्स है मतलब जो ट्रू रिप्स है वह वर्टी ब्री कॉलम से ऐसे आकर के हमारे स्ट्रम से जुड़ी रहेंगे ऐसे वर्टीप्रिक कॉलम से होकर हमारे ऐसे आकर के यहां पर हमारे से जुड़ी रहेंगे ऐसे क्या हमारा हुआ स्ट्रम स्ट्रम से ऐसे डायरेक्ट जुड़ी रहेंगे तो कितना हुआ एक हुआ दो हुआ तीन चार पांच छह एक हड्डी और हो जाएगा तो एक दो तीन चार पाँच छ सात तो यह इस साइड सात है ठीक इसी प्रकार से इस साइड भी सात होगा तो इसका मतलब यह सात पेयर में होंगे एक से लेकर सात पेयर तो टोटली हड्डियों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा चौदह क्या होता है जो ट्रू रिप्स होता है जो ट्रो रिप्स होता हुआ क्या होता है पीछे के मतलब यह जो रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी से डायरेक्ट हमारे स्ट्रम से जुड़ा रहता है रेड़ की हड्डी से डायरेक्ट हमारे स्ट्रम से जुड़ा रहता है इसका रियल चित्र आप यहां पर देख सकते हैं देखिए यहां पर रेड़ के हड्डी से सात हड्डिया रेड की हड्डी से सात हड्डियां वर्टिब्रल से सात हड्डियां स्ट्रम से जुड़ी हैं जिसे बोलते हैं ट्रू रेप तो ट्रू रेप किसे बोलते हैं पाला वाला जो है ट्रो रेप ट्रू रेप तो यह टिब्रल कालम से सीधा स्ट्रम से जुड़ा होता है सीधा स्ट्रम से जुड़ा होता है सीधा स्ट्रम से एड होता है जिसके कारण इसे वर्टिब्री जिसके कारण इसे वर्टिब्री बोलते हैं ट्रू रिप्स का एक नाम और है जिसके कारण इसे वर्टिब्रिक्स बोलते हैं तो ट्रू रिप्स बस क्या है सीधा वर्टीब्रिक कॉलम से स्ट्रम से हड्डियां जुड़ी होती है तो इसे ट्रू रिप्स बोलते हैं और फॉल्स रिप्स क्या होता है कि मान लीजिए यह क्या हो गया जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हड्डी ऐसे बना हुआ है न यह सातवां पेयर है ट्रो रिप्स का सातवां पेयर डायरेक्ट यह मल्टीब्रल से यहां पर आकर के स्ट्रम से जुड़ा हुआ है अब इसका एक भाग यहां से यहां तक के एक भाग को क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कोंडेला। कोंडेलाइज यह जो भाग है इसे बोलते हैं कंड्रा कंड्रा तो अभी यह जो कंडरा है या पसलियों का सब में होगा यहाँ पर ऐसे होगा यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रियल चित्र बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं तो जो कंडरा है अब देखिए पीछे से इसमें तीन हड्डिया पीछे से तीन हड्डियां आकर के यहीं पर ऐसे जुड़ी हुई हैं कंडरा से जुड़ी हुई हैं आप लोग यहाँ पर रियल चित्र देखिए तो यहाँ पर जो सात पेड़ के नीचे हड्डियां है पीछे से आई हुई तीन हड्डियों जो है केवल एक रिब्स के वर्टिब्रल से जुड़ी हैं जुड़े हुई हैं तो इसलिए इसे फ़ाल्स रिब्स बोलते हैं और फ़ाल्स रिब्स का एक नाम और क्या होता है तो जो फ़ाल्स रिब्स है दूसरा वाला जो दूसरा वाला फ़ाल्स रिब्स है फ़ाल्स रिप्स तो फॉल्स रिप्स की संख्या कितनी है आठ से दस पेयर मतलब आठ से दस पेयर मतलब तीन पेयर तीन पेयर में टोटली हड्डियों की संख्या तो इसमें छ हड्डियां हो गए और क्या होगा? देखिए आप लोग यहाँ पर चित्र में पीछे से आई हैं और रिप्स के कंडरे से जुड़े हुए रिप्स के कंड्रा से जुड़ी हुई है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा कंड्रा स... वर्टीब्रिक कंड्रा रिप्स वर्टीब्रिक कंड्रा रिप्स वर्टीब्रिक कंड्रा रिप्स और जो प्रो रिब्स हैं वह डायरेक्ट पीछे से आई हुई हैं और स्ट्रम से जुड़ी हुई हैं इसलिए उसका नाम वर्टिब्री स्ट्रम रिब्स और यह डायरेक्ट पीछे वर्टिब्री से होते वर्टिब्रिक कालम से होते हुए आकर के यहाँ पर एक रिब्स के कंड्रा से जुड़ी हुई हैं तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे वर्टिब्रिक कंड्रा रिप्स तो इसका एक नाम और क्या है वर्टिब्री वर्टिब्री कंड्रा रिप्स वर्टिब्रिक्रा रिप्स फिर गाय इसके बाद जो तीसरा वाला है जिसका नाम है फ्लाइटेड रिप्स है आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यह हड्डिया यहाँ पर पाई जाती हैं देखिए यहाँ पर ऐसे खाली है सामने तक नहीं आए है मतलब केवल है डायरेक्ट वर्टी से होते हुए ऐसे सिर्फ ऐसे खुले रहेंगे मतलब मान लीजिए यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे है ना तो डायरेक्ट वर्टी से होते हुए सामने देखिये दो हड्डियाँ नीचे के सिर्फ दो हड्डियां वर्टी से होती हुए ऐसे सामने यहाँ पर केवल ऐसे खुले हुई हैं तो इसे बोलते हैं फॉल्स रिब्स तो जो हड्डियां देखिए डायरेक्ट आकर के से स्ट्रम से जुड़ी हैं उसे ट्रू रिब्स इसके नीचे आइए देखिए चित्र में तो जो वर्टी ब्रिज कालम है वहां से आकर तीन हड्डिया इसके रिब्स कंडरा से जुड़ी है रिप्स के कंडरा से जुड़ी है तो इसे फॉल्स रिप्स बोलते हैं और नीचे पर यहाँ पर दो हड्डियां हैं देखिए जो दो हड्डिया है ये किसी से नहीं जुड़ी है यहां पर ऐसे खाली आकर पड़ी है जिसे बोलते हैं फाल्स रिप्स तो दोस्तों आप लोग चित्र में समझ गए होंगे अब आइए हम लोग वटिब्रल कालम के बारे में जान लिए रिप्स के बारे में जान लिए अब इसके बाद आइए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्कल आइए इसके बारे में जानते हैं स्कल जो है खोपड़ी लम के बारे में जाने स्ट्रम के बारे में जाने रिप्स के बारे में जाने अब आइए हम लोग इसकल के बारे में जानते हैं तो अब आइए हम लोग जो पहला वाला स्कल खोपड़ी आइए इसके बारे में जानते हैं जो स्कल है तो जो स्कल है स्कल जो है वो आप चार भागों में विभाजित है स्कल तो जो स्कल है वह चार भाग में विभाजित है पहला वाला इसमें क्या हो जाएगा क्रेनियम बोन क्रेनियम बोन दूसरा हो जाएगा फेसियल बोन तीसरा हो जाएगा हाइड बोन चौथा हो जाएगा ईयर और बोन तो जो क्रेनियम बोन होता है जो क्रेनियम बोन होता है इसका संख्या कितना हो? जो क्रेनियम बोन होता है इसका संख्या होता है आठ और जो फेसियल बोन होता है इसका संख्या होता है बारह और जो हाइड बोन होता है इसका संख्या होता है एक और जो ईयर आस्कल्स होता है इसका संख्या होता है तीन तो दो कान होते हैं तो दो कान के लिए यहाँ पर छ हो जाएगा तो जो क्रेनियम बोन होता है इसका संख्या होता है आठ और जो फेसियल बोन होता है इसका संख्या तो होता है चौदह फेसियल बोन चौदह हाइट बोन के हड्डियां पाई जाती हैं तो आप लोग पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियम बोन के बारे में तो जो इस स्कल है वह चार प्रकार के बोन में है पहला है क्रेनियम दूसरा है फेसियल तीसरा है हाइट चौथा है इजकल्स बोन तो जो क्रेनियम बोन है वह जो क्रेनियम बोन है क्रेनियम बोन पहला वाला क्रेनियम बोन इसके संख्या कितना है आठ है. तो यह जो क्रेनियम बोन है यह इस इसमें छह प्रकार के हड्डियां पाई जाती हैं। क्रेनियम बोन में छह प्रकार के हड्डियां पाए जाती हैं। आइए इसका नाम लिखते हैं तो जो क्रेनियम बोन है पहले जो क्रेनियम बोन है जिसे बोलते हैं क्रेनियम बोन यहाँ पर यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है इसका नाम है फ्रंटल बोन यहाँ पर ये दोनों साइड यहाँ पर एक हड्डी का नाम टेम्परर तो यहाँ पर भी एक हड्डी होती है इसका नाम हो जाएगा टेम्परर तो सामने क्रेनियल बोन यहाँ पर टेम्परर बोन फिर पीछे यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है कॉग्जील बोन तो यहाँ पर हुआ फ्रंटल यहाँ पर टेम्पर यहाँ पर कागजियर फिर इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे दो हड्डियाँ पाई गई हैं इसका नाम है पेराइटल इसका क्या नाम है पेराइटल फिर इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर खोपड़े के अंदर दो हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसका नाम है इस्फेनवाइड एंड इथेनवाइड तो आइए इसे लिखते हैं तो पहला इसमें कौन सा बोन हो जाएगा फ्रंटल बोन फ्रंटल बोन दूसरा कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा टेम्प्रर बोन तीसरा हो जाएगा ओसी बोन ऑसी बोन चौथा हो जाएगा पेराइटल बोन पेराइटल बोन पांचवा हो जाएगा स्पेन वाइट बोन और छठवां हो जाएगा इथेन वाइट बोन तो गए जो फ्रंटल बोल पाया जाता है यहां पर तो इसके संख्या केवल कितना होगा एक होगा यह अकेले होता है इसका संख्या हुआ एक सामने है फ्रंट में है या फ्रंट में है तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे फ्रंटल बोन और यहाँ पर जैसे लोग जब गुस्साते हैं तो यहीं पर ऐसे मतलब यहीं पर दर्द होता है मतलब टेम्परेचर अत्यधिक यहीं पर होता है जब कभी भी किसी को बुखार होता है तो टेम्परेचर सबसे अधिक यहाँ पर होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर हुआ तो टेम्परेचर से क्या नाम हो गया टेम्प्ररार. टेम्परेचर यहीं पर होता है जब कभी भी सर दर्द होता है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पर होता है तो टेम्परेचर से क्या याद रखेंगे यहाँ पर टेम्परर बोन और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रंटल या सामने है तो यह फ्रंटल बोन और यह क्या हो जाएगा टेम्परर बोन फिर इसके नीचे यहाँ पर आसी बोन कुछ लोग बोलते हैं मार बात बेहोश हो जाओगे मतलब यहां पर जब मारेंगे तो यहां पर बेहोश आदमी कब होता है जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो, पर तो मतलब यहां पर जब मारेंगे तो मतलब यहाँ पर अगर मारेंगे बेहोश हो जाएंगे तो मतलब ऑक्सीजन की कमी से तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा आसी यहां पर यहाँ पर जो बोन पाया जाता है अगर मारेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा आसी तो यहाँ पर बोन कौन सा हो जाएगा आसी और टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहां पर तो मत मारो यहां पर तो यहां पर जब मारेंगे तो व्यक्ति बेहोश कब होता है जब उससे ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा उसकी संख्या होती है एक और पेरी मतलब किनारा होता है पेरी मतलब अगर बायोलॉजी में देखेंगे तो पेरी मतलब किनारा होता है तो पेरी मतलब किनारा तो यहाँ पर किनारे पर यहां पर ऐसे कुछ लोग तेरे नाम बार जाते हैं तो यहां से देखेंगे ऐसे किनारे पर दो हड्डी होती है एक हड्डी यहाँ पर एक हड्डी यहाँ पर ये एक हड्डी यहाँ पर एक हड्डी यहाँ पर पेरी मतलब किनारा तो पेरी से क्या हो जाएगा पेराइटल बोन तो पेराइटल पेराइटलॉइड और इधर होता है इथेनॉइड मतलब खोपड़ी के अंदर दो हड्डियाँ होती है एक का नाम है इससे स्पेनॉइड एक का नाम है इथेनॉइड इनकी संख्या एक इनकी संख्या एक तो टोटली क्रेनियम बोन में कितनी संख्या हो जाएगी आठ एक दो एक तीन एक चार दो छ दो आठ तो क्रेनियम बोन में बोन की संख्या कितना करेंगे होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है तो टेम्परल बोन अगर लोग मारते हैं यहाँ पर तो कहते हैं बेहोश हो जाएंगे और व्यक्ति बेहोश कब होता है जब ऑक्सीजन की कमी तो ऑक्सीजन से ऑसिपिटल पेरी मतलब किनारा होता है तो यहाँ पर किनारे पर हड्डियाँ है तो इससे क्या हो जाएगा? हो जाएगा? जाएगा, फिर इसके अंदर इस और दो पाई जाती तो इस प्रकार से बोन में होती है आठ, और अगर आप लोग इसे देखना चाहते इसके सामने यहां पर क्या है टेम्पर बोन फिर पीछे की तरफ इस पीछे की तरफ बोन एंड इसके अंदर जो है तो अब आइए हम लोग जानेंगे फेसियल बोन फेसियल बोन फिर हाइड बोन फिर ईयर आजकल्स बोन तो जो फेसियल बोन होता है फेसियल बोन वैसे हमारे टॉपिक में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लोग इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बाद आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं हाइड बोन तो जो तीसरा वाला इसमें हाइड बोन हाइड बोन इसकी संख्या कितनी होती एक, यह यहां है एक ये यहाँ पर पाया जाता है यहाँ पर ऐसे यहां से लेकर यहां तक तो इसका क्या नाम है हाइड बोन हाइड बोन का ही नाम हाइड बोन है तो इसमें केवल एक हड्डी पाया जाता है उसका क्या नाम है हाइड बोन खुद ही उसका नाम हाइड बोन है इसका संख्या हो गया एक फिर इसके बाद चौथा आता है इसमें ईयर ऑसिकल्स ईयर ऑसिकल्स तो जो ईयर ऑसिकल्स होता है इसमें तीन जो हमारा कान होता है कान के अंदर जो स्वर उत्पन्न करते हैं मतलब जो स्वर बाहर से जाता उसको सुनने के लिए कंपन उत्पन्न करते हैं तो उन हड्डियों को हम लोग क्या उसका नाम है इसका एक का नाम है मैरियस मैरियस इंसटस मैरियस इंसटस -a -and -a And तो मैरियस की संख्या एक की की संख्या एक, की संख्या एक, एक तो जो होते हैं इसमें तीन प्रकार के हड्डियां पाई जाती हैं तो जो कान है कान में तीन प्रकार की हड्डियां मायरियस इंस्टस स्टाइपिस तो दो कान हैं तो दो कान में एक कान में तीन हड्डी तो दो कान में छह हड्डी तो इसमें टोटली हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा छ ऐसे मान लीजिए इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है मान लीजिए मायरियस है इसके बाद यहाँ पर इंस्टस है और यहाँ पर इस्टाइपिस है जब बाहर से स्वर जाता है तो यहाँ पर ऐसे कंपन उत्पन्न होता है ये जब आपको कान के बारे में पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे तो कान में ये हड्डी ये तीनों पाए जाते हैं ये मैरियस इंस्टस तो इसकी संख्या कितना होता है छह और उसके बाद हाइड बोन है हाइड बोन की संख्या एक हो जाएगा क्रेनियम बोन में आठ बोन तो और फेसियल बोन में चौदह बोन पाए जाते हैं आइए फेसियल बोन के बारे में भी जान लेते हैं तो दूसरा वाला जो है वह क्या है फेसियल बोन फेसियल बोन तो पहला वाला इसमें क्या हो जाएगा लैक्रीमल बोन लैक्रीमल बोन दूसरा वाला क्या हो जाएगा नेथल बोन नेथल बोन तीसरा वाला क्या हो जाएगा जायमोटिक बोन जाइगोमेटिक बोन जाइगोमेटिक बोन फिर चौथा वाला क्या हो जाएगा मैग्जीला बोन पांच वाला क्या हो जाएगा मेंडिबल बोन मेंडिबल बोन मेंडिबल बोन।, बोन तो यहां पर टोटली हड्डियों की संख्या होता है पांच एक हड्डी और होता है मेंडिबल बोन और इसके बाद होता है ओसीपिटल कोडियल कैज वैसे वह एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें हड्डियों की संख्या चौदह है ना तो इसमें ये हड्डियों का कोई उतना नंबरिंग करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे रहने देते हैं सिर्फ इसके नाम के बारे में जान लीजिए लेक्रीमल नेथल जैगमोटिक मैगजिला मेंडिबॉल ऑसिपिटल कॉर्डियल और जो यह होता है क्रेनियम बोल इसमें आठ होता है इसमें हड्डियाँ दिखाई जा सकती हैं यहाँ पर वन टू थ्री इसकी संख्या होती है और इसकी संख्या चौदह होती है और इसकी संख्या छः इसकी संख्या एक टोटली मिलाएँगे तो इस कल में कितनी हड्डियाँ होती हैं चौदह 14, छः 20, 20, 22, 22 बाईस 23, एक तेईस तेईस तो टोटली इसकल में कितनी हड्डियाँ होती हैं 29 होती हैं इसकल में टोटली हड्डियों की संख्या 29 होती है तो गायज आप लोग इसके बारे में जान गए और यहाँ पर चित्र बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं क्रेनियम बोन के इतने भाग होते हैं इसके बाद ईयर ऑस्कल्स के इतने भाग हैं हाइड बोन के इतने भाग हैं और फेसियल बोन के इतने भाग हैं तो आप लोग इसके बारे में जान गए तो दोस्तों बस आज का वीडियो बस यहीं तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत